रा तो थोला थोला चूड़ी जाए। जाए, रूठी जाए। राजा जी के दिला टूट जाई महरा राजा जी के दिला टूट जाई तोहरा पिया जी के दिला टूट जाय शलू कहें शियालू कहें गरम आलू तो फेंक दलूँ आलू कहें दिला टूट जाई हरा राजा के दिला टूट जाई बलू के दिला तो हाँ। सेवा में झूठे बात लफानी के के को है धन लूट जाए हाँ। अरे। जाए लूट जा राजी के टूटी राजा जी के टूटी जी के टूटी टूट जा राजा जी के टूटी बस कर